खूबसूरती चेहरे से नहीं होती दिल की भी कुछ बात है कि खूबसूरती चेहरे से नहीं होती दिल की भी कुछ बात है मुस्कुराए है हर मुश्किल घड़ी में तभी तो अपने हमारे साथ है